और अब बढ़ते हैं यहाँ पर शशिधर कुमार जी के सवाल की तरफ शशिधर जी नमस्ते पूछिए अपना सवाल अनिल आपके आपसे सवाल है दो छोटा सा सवाल है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए डीमेट अकाउंट तो होना जरूरी है और दूसरा सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड में लमसम अमाउंट लगाया जाए या एस आई पी तो पहला तो ये की डीमेट अकाउंट का होना जरूरी है? नहीं बिल्कुल नहीं लेकिन इसका मतलब ये है नहीं कि सरकार तो भी नजर नहीं है आपके ऊपर आप ये सोचें कि डीमेट अकाउंट होगा तो नजर पड़ेगी लेकिन एनीवे वे म्यूचुअल फंड में जो आप पैसा लगाते हैं तो केवाईसी तो करना ही पड़ता है आपको राइट तो आपकी सारी डिटेल्स होती है हाँ। दूसरा लमसम या एस आई पी लमसम या एस दैट डिपेंड अपॉन योर कैश लोस अगर आपके पास एकमुश्त पैसा है और आप लंबे समय के लिए लगाना चाहते है पांच साल दस साल पंद्रह साल तो ठीक है अगर नहीं है तो उस पैसे को बिल्डअप करना चाहते हैं तो आप एस आई पी के थ्रू कर सकते हैं दिस इज का नजरिया हो तो हाँ कोई भी नजरिया हो आपका हाँ? आपके पास हाँ। पैसा चाहिए हाँ। ये नहीं है अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप कहते हैं मुझे वन टाइम लगाना है फिर तो वो पॉसिबल नहीं हो पा पॉसिबल जैसा आपके पास पैसा है उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं जितना पैसा अभी है आपके पास उतना तो लमसम लगा दीजिए उसमें से कुछ लिपिडो रखना पड़ेगा ना रख दीजिए तो जब आपको पता है जितना अभी है उतना अभी लगा लीजिए जितना आगे आएगा उसको भी लगा दीजिए आप सब लोगों को फॉर्मूला बताता हूं जिससे कि आप जो पैसा जो अपने अकाउंट में रखते हैं ना सेविंग बैंक में कि कभी मुसीबत के वक्त लगेगा उसमें कमाई कैसे करनी है उसका फार्मूला बताता हूँ जो सेविंग बैंक में आप पच्चीस हम जनरली क्या कहते हैं कि आपकी जो मंथली कमाई है जो सैलरी है जो भी उसका तीन टाइम समझिए आपकी महीने में, की सैलरी लाख है तीन लाख रूपये आपके हाथ में हमेशा कैश रहना चाहिए ना मतलब बैंक में रहना चाहिए तीन लाख रूपये होना चाहिए मुसीबत के लिए काम आने वाला पैसा मैं कहता हूँ इस तीन लाख को भी लिक्विड फंड में डाल दो जहां पांच छह परसेंट का रिटर्न आता है आपको एक दिन के नोटिस तो मिल जाता है पैसा अब आज पता चला कि अचानक से रात को डेंगू हो गया कोई ऐसा काम हो गया जिसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी तो अब क्या करें पांच छह क्रेडिट कार्ड रखिये आजकल तो सब क्रेडिट कार्ड जैसे आप ई मेल खोलो आठ दस तो आपको क्रेडिट कार्ड देने के लिए तैयार बैठे हैं दस बीस पर्सनल लोन देने के लिए बैठे हैं पचास लोग हाउसिंग लोन लेने के लिए तैयार बैठे हैं लेने वाले ही नहीं है देने वाले तो बहुत है राइट लेकिन ये क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे क्रेडिट कार्ड का मतलब पता चला कि आपने इससे इसको मुसीबत के दिन काम में रखिए क्योंकि हर क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट है कैश की उतना कैश विद्रोल आप कर सकते हैं दिक्कत एक ही है कि जब आप क्रेडिट कार्ड का विड्रॉल करते हैं कैश का ढाई तो परसेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको चार्ज लगा देते लेकिन मुझे बताइए जिंदगी में अभी तक आपने कितनी बार इमरजेंसी में कैश निकाला है नहीं निकाला नहीं निकाला ना और भगवान करें जरूरत भी नहीं पड़ेगी तो जो आपका पैसा है उस पर ब्याज कमाए क्रेडिट कार्ड रख ले तभी लाइफ में एकाध बार ऐसी जरूरत पड़ गई एक दिन के लिए निकाल लिया दूसरे दिन क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर देने का अपना बैंक अकाउंट लिक्विड फंड में से विद्रॉ करने का आपका पैसा आपके हाथ में तो वो पैसे पे भी ब्याज क्यों छोड़ना समझ गए आप तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल लेकिन ऐसा ना हो कि दो क्रेडिट कार्ड तो भाभी जी लेके चले और तीन से तीन से बच्चे शॉपिंग कर रहे हैं बिल आया है, एक महीने बाद तो पता चला कि सारा खत्म हो गया तो वो क्रेडिट कार्ड खाली मुसीबत के लिए रखना शॉपिंग करने का अनुमत कर देना